चलो आज कुछ ऐसा कर जाएं अंत काल तक लोगों के दिमाग में बस जाएं। से लड़कर जो अपना जो अपना नसीब बदल बदल दे अपनी तकदीर कल क्या होगा कभी ना सोचो यार क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे अजीब सो है ये वक्त भी दोस्तों जवानी का लालच देकर बचपन ले दे गया और आमीरी का लालच देकर जवानी ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा रहती है वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया होता है तो अपने भी बरा हो है। जाते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत हर हाल में चलना सीखो यह समय घूंगा नहीं बस मौन है वक्त पर बताता है किसका मौन है उत्तम समय कभी आता नहीं समय को उत्तम बनाना पड़ता है